Ang khu engar nana ser khu ban zin mi le ri gonam bla sok thi trainai bla di thiyigana nangi zulin